तो लास्ट एपिसोड के एंड में एलेक्स ने वो मेडिकल फर्नेस उठा लिया था जिसकी वजह से उसकी यादाश्त वापस आने लगती है जहां हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले एलेक्स के दादाजी उसके प्यूरिफिकेशन के लिए एक खास तरह की एनर्जी लेने के लिए खतरनाक पहाड़ों में गए थे लेकिन बहुत समय होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटे तो इसकी वजह ऐसी एलेक्स के मोम और डैड जो उस बड़े ऐसी राज्य के एक लैंड के राजा और रानी थे वो एलेक्स के दादाजी को ढूंढने के लिए उन पहाड़ों में चले जाते हैं जहाँ वो एलेक्स को उसकी एक आंट के पास छोड़ लेकिन जब एलेक्स के मोम और डैड वहाँ से चले गए थे तभी उस आंट का बेटा जिसका नाम डेविड था वो अपनी स्पेशल आई ऐसी एलेक्स को देखकर अपनी मोम को बताता है कि एलेक्स के अंदर एक सुप्रीम बोन है ये जानकर वो आंट हैरान हो जाती है क्योंकि सुप्रीम बोन करोड़ों में सिर्फ एक के पास होती है जो उसे सबसे ताकतवर बना देती है तो ये जानकर वो आंट डेविड को वो बात किसी को न बताने को कहती है अब एलेक्स के पेरेंट्स को गए हुए कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एलेक्स की आंट एक खतरनाक इरादे ऐसी एलेक्स को बहला कर एक सीक्रेट चैंबर में ले आती है जहाँ वो एलेक्स को और डेविड को अलग अलग बेड पर लिटा देती है इसके बाद वो आंट अपने एक आदमी से एलेक्स को बांधकर कर उसके सुप्रीम बोन निकालने को कहती है तो वो आदमी एक नकीले चाकू की मदद से एलेक्स की बॉडी में छेद करके उस सुप्रीम बोन को निकाल लेता है लेकिन इसकी वजह ऐसी एलेक्स को बहुत दर्द होता है क्यूँकी उसे बेहोश तक नहीं किया गया था इधर उन सबको ये करते हुए एक मैंसी नाम की बच्ची देख लेती है जो एलेक्स के परिवार की ही बच्ची थी और अब वो घबरा किसी को वहाँ से चली जाती है इधर वो आदमी सुप्रीम बो निकाल कर डेविड के अंदर डालने रखते है क्योंकि वो आंट अपने बेटे को सबसे ताकतवर इंसान बनाना चाहती थी ताकि उसका बेटा पूरे साम्राज्य पर राज करे अब जब वो आदमी ऐसा कर ही रहा था तभी वहाँ एलेक्स के नाना जी आ जाते हैं और उस आदमी को मार कर उस आंट का गला पकड़ लेते हैं तो डेविड अपनी गर्दन आरोप चाकू रख कर कहता है की मेरी मोहन को छोड़ दो नहीं तो मैं खुद को भी मार लूँगा ये देख वो गुस्से में दोनों को अपने सबसे बड़े पूर्वज के पास ले जाते हैं सभी कैंस का फैसला करते थे जहाँ वो उस आंट को जान से बनने की गुजारिश करते हैं जिस पर डेविड के पिता जिसका नाम लुइस था जो एलेक्स के पिता का भाई भी था वो कहता है कि अब तो वो बोन ट्रांसफर हो चुकी है तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए तो एलेक्स के नाना जी बोलते हैं कि कम से कम मेरे पोते की सुप्रीम बोन वापस कर दो ये सुनकर लुइस बोलता है की ये अभी ऐसा फिर ऐसी नहीं किया जा सकता क्यूँकी एलेक्स बिल्कुल मरने की हालात में है साथ ही वो सुप्रीम बोन निकालने की वजह ऐसी एक छोटा बच्चा भी बन चुका था अब वो पूर्वज एक फैसला सुनाते हैं कि अगले दस साल तक इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा और दस साल के बाद अगर एलेक्स जिंदा रहता है तो वो बोन एलेक्स को वापस दे दी जाएगी आगे एलेक्स के नाना जी उसके डैड और मॉम को लेटर की मदद से वहाँ बुला लेते हैं इधर लुईस अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके नैन्सी को ढूँढ रहा था क्यूँकी नैन्सी के पास एलेक्स था और लुइस उसे मारना चाहता था क्यूँकी वो सुप्रीम बोन को अपने क्लैन के अंदर ही रखना चाहता था साथ ही उसने एलेक्स के डैड की सेना को भी अपने उसमें शामिल कर लिया था अब एलेक्स के डैड और मॉम के वहाँ पहुँचने पर नेंसी उन्हें एलेक्स दे देती है जो अब भी बहुत वीक था साथी, वो उन दोनों को सारी बात बता देती है ये सुनकर एलेक्स के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन सबको जान से मारने का फैसला करते हैं अब हम एपिसोड वन की ओपनिंग सीन को देखते हैं जहाँ एलेक्स के डैड जिनका नाम जेसन था वो एलेक्स को गोदी में लेकर सबको मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे आरोप वो सारी सेना उन्हें रोकने लगती है पर जैसन उनमें ऐसी आधे ऐसी ज्यादा को एक ही झटके में खत्म कर देता है ये देख लुइस उसे रुकने के लिए बोलता है क्योंकि अब तो गोन ट्रांसफर हो गई थी लेकिन जेसन इसके लिए नहीं मानता तो लुइस उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है लेकिन लुइस उसे नहीं रोक पाता तो वो उस आंट को जेसन के खवाले कर देता है जिससे गुस्सा होकर जेसन उसे जान से मार देता है ये देख कर डेविड अपनी माँ की तरफ बढ़ता है लेकिन जैसन उसको भी पकड़ लेता है तभी वहां पर वो सबसे बड़े पूर्वज जा आ जाते हैं और उसे छोड़ने को कहते हैं लेकिन जेसन इसके लिए नहीं मान रहा था क्योंकि उसे बस अपना जस्टिस चाहिए था तो ये जानकर वो पूर्वज गुस्से में डेविड की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और उसे उन दोनों पर अटैक करने को कहते हैं लेकिन उस अटैक को तो जैसन अपनी ड्रैगन की पावर ऐसी रोकने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म